कुणी पास देव रक्षा करो हर ब्रह्मा विष्णु माने शिव दुनिया देवी चढ़े भगवान शिव जी खेला की कल्ले आज मुकान का काला गोरा को हर जागर में की फेरो बीजूल लारका लारे, नम्ण आ, भीजू। भीजू लारे, है। लारे है। आ, अर अर मेरा कुबाळा देव ने नमो नमो आ नराणी मिले घोडे नराणी हर जागरण में विजो पावन आयो लारका लारे अर अर मेरा कुफेरो लाडला सोढ प्रदेशर आ ये राकु अन्नो हनुमान ने मांगलिका भूत जागरण में विजो पावन आयो हरका लारे अर कु खजूरिया श्याम ने सोढ खजुरियो आ ये अर जागरण में विजो पावन आयो लारका लारे अर गाटा की सभा गांठा की गणगोरी गांठा की समरा हाँ ये लोग अंबाल हरकी लारे पढ़ा करवा नीबड़ा लारकने दूधा मज़ा आज तू मेरे आज तू मेरे पढ़ा हाँ बीड़ली बड़ी सुबा के ટોડા ડાળો ઊંચો લહરકા ર છેન માતાને અર સોડ બંદાર્યો અર ઝાગણ મે વીજો ઊંચો લહરકા અર માજી સપર બરાતી તાતલા પેન પાંડોલી અનન આચા લોકને દીજો અર ઝાગણ મે વીજો પામણી ઊંચો લહરકા અર મણા ઠાકર અર સોડ બે માડ્યો અર ઝાગણ મે વીજો પામણા ઊંચો લહરકા અર પાટવાળાને આ શિવરા સોડ બેટુમી झागड़ में वीजू रिजू लार का अंदर आ को पुल्या पावन फेरू सोश शोक न्या ऊंचा पुच्चा और पीर पैगंबर रिजू लार का हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो देवनारायण भगवान की जी हो।, हो ए ओ क्या बात है I'm not afraid. शिवरूप माता भोमका अरे जामर तू बाजे शकल की हां ये मारी भोमका सावन बरसे बांध वो अरे यो अंदर गमेडा आ ई धरती पे छोका ने चावळे जाको भोग चढ़े भगवा अरे ये रुस्या देव मन जावे अरे हड़ दे राखू माता भोमका हां ये भोमका दे मनडा गणा बेडा चलता जो रावण पति जके सोना का मेडी अरे सैंदी जिड्या हां दादा भाई वी रावण के कतरा ठाट बाट गणा अरे गणा ने रोरियो होना का मेड़ी अरे चांदी धिड़िया में चमकती अरे, अरे, अरे, अरे पांडव हर माता कुंता का दो हाँ दादा भाई धरती पे ऐसा जोधा पैदा हर धरती पे पेलवान पैदा अरे टाइगर पैदा जो में तीन तीन धरती ने हाँ पे गड गोठा की अरे लेता अरे अरे की, आ, जाने बड़ा दा माता। पर दादा भे तो तो मन वो मोटो तो स्टेशन कशो ई मनक जमा राखो दादा भाई आओ, या आसिंद का स्टेशनो गाड़ी जावे, जावे। जो दूजे दिन पाची आवे, आवे। लेके या गाड़ी ई स्टेशनो या गाड़ी जाय हाँ। जी दिन पाची ना आवे अरे दादा ई गाड़ी का टायर भी ने मंडे ऊ ऊंचा ले जावे मंडे क फुट तो तने घणी नंगा पड़े हरता ने शिवरू माता अरे जामन तू बाजे सकल की हर कल युग में राख लीजिए या भक्ता की लाज बोलो भगवान की सजा अरे अरेबत् महाराज तनमपयो तेरे अरे सकर न मरले हाथ शक्ति बाकी माया माया को विमान विमान की की भगवान की की दो खपावादी बगड़ावत खपावा के लिए शक्ति इंदिरा चार दर रहे इशा, इशा, इशा। एक तो प्रति बन गई बापू पातुरी बनी हीरा गुजरी। और आपको छोटा छोटा छोटा में में में और गुरुण गुरुण ले वे, ले वे, और गुरुण गुरुण वे वे, ले वे, ले, और और भी लेवे लेवे अवतारी तो जावे बात बन जाओ भाई देखो मेरे प्यारे सजनो प्रोग्राम वार्ता यानी कि रानी जेमंती को जन्म नहीं होयो हां ना तो रानी जेमंती को जन्म होयो ना हीरा गुजरी को जन्म होयो हां वैसे तो रानी जेमंती का सात अवतार हां माताजी का खतरा अवतार है सात का सात अवतार है हां लेकिन ये चार अवतार सात का सात का बड़ी बनगी बापू बोरेजा दूजी पातोड़ी कलाली तीजी बनगी हीरा गुजरी चौथी आपू आप या माताजी बगड़ा बगड़ा ने बागले आवे, आवे, आवे. बगड़ा होता खपाबा के इंदिरा शंपू मृत्यु लोग बगड़ा होता ने भगवान माया दीदी बगड़ा होता ने माया को गर्व हो ठीक है ना जी या माता जी बगड़ा ने खप्पा के लिए इंदिरा शंपू उतरे जी या माता जी और हीरा में अवतार लेवे नर्वल की पोड़ राजा पामना पता रहे, पता रहे। नर्वल की पोड़ में माता लिदो। लिदो। माता में माताजी माताजी अवतार अवतार ले दो छोटा लेवे धीरे धीरे ने बगड़ा खपा माताजी जवान हो जावे, जावे। तो माताजी लीला रचावा लगी अरे हाँ, हाँ, आदिया भवानी खेवा लगी माताजी दो महीना की बिगड़िया माता जी एक जटे दो साल की, दो दना की, दना की माता जी अवतार ले रही सोलह साल की हो जावे जावे रानी जेमती और हीरा गुजरी अवतारी दो दो। ये साथ में जवान हो जावे हो जावे। रानी जेमती सोलह हाँ, साल की हाँ, अटले हाँ, हीरा गुजरी सोलह साल की हाँ, हाँ, हमें, हमें देखो दो सोलह साल की में दाबरिया रानी जेमती हीरा ने हेलो पाड़े हेलो पाड़ माता जी ही क्या होती मन दे पिया पूरा मारी हीरा घूम ली थी रानी अरे तड़े जितने मेला का टूट गया अरे दूध गी गड गियाँ पड़ गई राजा राजा हीरा मार के बला बादलो, आंधी, अरे वो भूकंप जवान है क्या जवान है गया मोटाई ने लागी पी अच्छा एली ले अल्लाह के हीरा घुमर हाँ। खा रिया हाँ। मेला का टूट गया कांगड़ा टूट गया मेल जीजा में फेर पड़ा तू काम की हाथ लौकर क्या? भागी, दे जान खड़े जान ने लो, पाड़ मन की, की, की खड़े चलो दिल मन खड़िया जो ये घूम तो था जोशी डाने के आज, आज बैसा गुमर लीदी सो मेला का कांगरा टूट जा पर मेल दूज गयो और कल ओरी बैसा गुमर लीदी हाँ। तो मेला ने नाल तोड़ना की शेर ना बटो पता का बैसा ने कदी सुफा कने बताओ मुर्गीया में लागी हूं कोई ने बैसा मोटाई गया शान तू जोसे ने नु पाड़ गया जो का हव हुदा लगन कड्डा और जुगाड़ करे आगे खेल करा अच्छा बैसा होड़ा चाल का वे गया हां बैसा फनबा के लाए के गया हां ये जो गुमर खा रिया हां जो तका बैसा के गदकली चाल हां अने जन ऊंची कर नींबूया लागिया हां मु थाने क बजे सुनो कई तो हिरा घर का जोशीडा ने हिलो पाडे अरे कई हिरा खड़े बजार आ जावे केवा लागी केवा अरे हां ए ओ अरे मन थार रे गेला की डोडिया हीरा छम छमा छम मारा <laughs> <laughs> हीरा हीरा का जोश लो अरे कया कया खोलो खोलो खोलो अने एक जीव के देख आ खोल दो आज मरा राजा ऊग ऊग तड़े तड़े आ खड़िया ले लो अरे अरे अरे जुगा का टिपड़ा हीरा हिला पे हिलो। अरे हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हीरा हीरा की की परी वाली साहब साहब बोलो काम करने खड़े बजाना चाह अपना ले एक कई क्या, क्या मैं तो मर गया नहीं जदी उगजे महाराज बदला आ गया अच्छा बदला आ गया हां ओ जोशी महाराज ओ नारद एरा मैं मरद रोज तो गांव में टेप पर टपरे इने आज जोशी महाराज कटी पर आ गया ओ नारद ओ महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज! कौन ने? तो का ठेला। क्या? दोनी था काँगा। काँगा। में आ जी ओ ओ फिर बजरिका बस बसकारी बो अलग से तान मानो रेडियनी पहली माँ घरवाली ही चेडिके ही लो अशोक अब मतलब साइशेटिंग आ कर दिया आज तुम बाने में निकले हैं भैया आपको दोस्तों ने जो मनुष्य की करो करो ओ जोशी मेरा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जय जय अरे चला चला चला ये बोलो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अरे यार मरा यारे करोगा भैया चला लो आ जाओ आपा गांव में चलाओ ओ महाराज ओ ओ पंडित जी अरे मुंह गंडक जी कोने यार तो मुंह तो थाने पंडित जी कह रियो अच्छा पंडित जी हां हां बोलो भाई कई बात है मुंह कतकी था बांधना बिन ओ थू मगा बांधने का महीना आ जा अपने महीना अपने घर में आ जा के जो महीने के साइनो पहली बार खोल लो ने कई बोलू गाबा ए अरे थाना गेट को लग गेट अच्छा मारे गेट को लूं मारे गेट तो आई तो हाँ को ना वा वा वा लकड़ी लायो बाहर से बागरिया दोरी ले दो दोरी बागरिया मतवान पाले ले गया जैसी की मैं रह थे आपने नंगे में कटोई कटोई अरे मैं गंडनर वाली की पोळ होई आजा गंड गले गंड गंड गले कटोई गंडनर वाली की पोळ होई आजा तू गंड घर घर की दरवळ की पोळ होई हां तू गई मारे भागे ले अरे यो कोन नी मैंने राजा साहब कंदी मैंने क्यों के जा बेटा जा अपना घर का बानों बात्या, बात्या। रजा रजा रजा हाँ। जोशी महाराज ने बाणो का बाणो बुलाला अच्छा राजा साहब कंदी हां जोशी महाराज ने बाणो बाणो बुलाला हां चला आजा आजा बैठे खावा चला आजावा चलो कई खावे बैठ फाटा खा ले बैठ बैठ के खाई भाई महाराज जल्दी चलो रास्ता छाटी को मर लात की कने पड़ी हर लात की लागी हां हर लात की लागी मरतनी लात की दीदी ए बंडी हर लात की कोने मारे ई पग में गए मस्तक बिरो मस्टे कई मिस्टे हर ई गम में मस्तक बढ़गी मारे गरगा बाण रबड़नी बना मेलने हां जो वो सुबह सुबहली बेगो उठो नींद आवे जो हल्ली गिरगो दिसप हां अच्छा लागो फलो में उडे उडे ऊपर ले गया पेपर ले जान पछे मने अग्रण छो और मने तो बेवज करता गयो और पछे मारेगा मने एक एक रांड मेलबेली रांड जो चाल आ थंगपग में कई मेलबेली एक रांड बेलबेली रांड अरे रांड थोड़ी के वे थंगपग में स्टील की रांड मेलबेली रांड ओ बुझ जे मने तो एक दिन बेवज गरे मिल्यो के जान तो स्टील की कपड़ा प्लास्टिक की पण बे एक रांड है महीने है रांड बस जैसी जी महाराज यो आपने रावड़ा गयो पेन अच्छा। राजा साहब महीने विराजमान है अच्छा। अच्छा। आप मिलो ओ रावड़ो उने की जगह ने पकड़ दे मो मो मन राव राजा साहब राजा साहब मने मिलानो पड़ी रावड़ो गन्ने गन्ने तेरे रावड़ा उठ बैठो रे साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब जय जय राम राम, राम, राम। आजा चार। चार। आजा मुझ मुझे। और आप ही भी ाह सेहर ने बैठा कहीं बात ही होगा मगम का है माँ के बैसा मोटा है क्या अच्छा जब वो सक्रियण करनो हा हा। जो आच्छा टीम देकर मोर्ट काटो अच्छा बैसा मोटा बैग हाँ जब टीम देकर मोर्ट काटो हाँ ओलो शाह वो टीम जब बाउंड देकर ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला � आ, आ, आ ये, ये मातरगण मा आरे यार माच माच तू चोमाचो बन अच्छा चोमाचो हां ओ चोमाचो अटि जायो हां री जायो ये मंगरामी जायो चोमाचो हां चोमाचो चोमाचो आवे माचरा आवे चोमाचो चोमाचो कई हुणबा पर हुणपी देगा हां कई यार मैं क्यों की ता हुणयो गई हां अच्छा मु मु गई क्यों था नहीं हुए कई यार <laughs> मैं मैं कहियो क्यों कहियो हां हां थक गई क्यों थक गई क्यों और मैं क्यों पैसा इन कवर पैसा इन कवर हां रंग नंबर लग जाए तो केबो करो यार इन कवर है हां ए आ इ ओ औ अ म ए हे ए हे कहिए ए हे है अरे है है पे। अरे है है ये कोई कोई कोई कोई नहीं नहीं अच्छा मर्द महाराज दूसरा नाम नाम नाम देखो अरे अरे मोटा पास कई नाम कई नाम, नहीं नहीं नाम अरे पैसा जयमती पैसा जयमती हूं क्या करो यार पैसा जयमती ए यार आदि जी पे देखनो पड़ हां जय जा जय जो जऊ जम जे जय जा जा जू जू जे ज़ु ज़ु जे थई थी जो जो जम जई ए हे बोले जम जई मोर जम जई महाराज खड़ा हो जाओ खड़ा हो जाओ हां ओ ये खड़ा हो गया महाराज ये ना ल, ना ना ना ये क्या है नारियल नारियल टागिरी गांव के ला मैं अरे महाराज ये नारियल ले जाओ और पैसा भगवानगर बचाओ पैसा भगवानगर पता जाओ हां लो आ जाओ जिला कटे गया रहा मैं क्यों जटे करनो आप क्यों और मन आछु ठिकाणो देखनो टागले आओ मोटू रावड़ देखनो देख लेवा बड्या कवर साहब देखना देख लेवा बट्टी भगवानगर जाजो रावण देख ले हां तो कवर सा भी देख ले हां बहुत ठीक ठीक चाहिए ना वो आइटम देख ले हां सब देख ले और 100 200 का जाड़क्या भी देखना अलग का हुका ये ए अरे बाकी जागीर हिसाब जागीरी जागीरी जागीरी हां वो देखियो चोरी कीटी कबड्डी खेलती वे पण खम्मा कबानु जाड़क्या जारिया जाड़क्या जारिया हां जाड़क्या में कटी फाड़ डाली चोरी चलो जाओ राजा चल आ जाओ राजा भी आ जाए देखो, देखो मेरे प्यारे सजनों महाराज, रानी को करबा करबा के के रवाना रवाना हो हो जावे। जावे महाराज, रानी बादल मेल में चढ़े नाड़वा हीरा ने पूज बा किराया जोशी जी ने पांचो ये लो गाड़ दा बेटा अरे जोशी महाराज <laughs> ए आ तो आ तो आटो आटो अमरीशบุรี आ लो रे रे रे रे रे ओ जोशी महाराज अरे ढब्बा अरे अरे मारो नाम डबो को रे यार ए अरे तू रूको बुलाई तू चोरी कर रे ये नेश्क रांंदो ए जे माताजी जी रा जे 4 बजे की जे 4 बजे की जोशी जी आप बारो मेला में आया अरे बार का 12000 रया ओ बा बाणु मेला में आया बाणु तो आप आपको मको काम बढाओ 4 बजे रया हो आप सच्चा रया हो आपका पापा की तो मने फटाफट बाणु का बाणु निकळो जो बाणु रो बनावणो पड़ियो आप बोले आगे आगे थी जाओ जोशी जी मारे ससुराल मैं जाऊ नहीं मारो करो आप उठ के? जिंदगी को सवाल है हमारी ले, वो वो बाड़ा बाड़ा जोशी जी थान जाती है सोना रूपा का नारियल पकड़ो अरे मारोन में आजी ठकाना की पोड़ देख, जो। देख देख जेठाना देख दे दे दे दे दे का बेट ने छावे मारा अक्तर बक्तर कमर साहब के बैठने छे मारा हाथ बैठना चावे, एक बाप का बेटा चावे चोईस भैया की जोड़ चोईस बाप को एक एक बाप का बेटा की जो से यार बाप बाप बाप बाप बाप को इधर हमें लंबा अरे एक एक एक एक का बेटा बेटा चोईस भया चोईस चोईस आजकल तो कटूरी की बारे में यार बारी भी चोईसूर जस्सी जी मारा सरपंचन वटीस करनो जटे एक बाप का 24 बेटा ए डुबो डुबो मामा बुआ जगा री साल नी चले हाउ पोंगा री साल नी चले गप बगा री साल नी चले बब्बा पबगो गप बपगो री साल नी चले के कई ने चले ए अबगपगी ने चले आपने एक बाप का 24 बेटा चाले पण 24 जीवदान पेन 24 जीवता एक अडी फूदली ने 24 जीवता चावे 24 एक बाप का चावे जस्सी जी हे तो अटली या का <प्यानी>।. no? ने ने तो एक एक लेकिन होना आ गया गया तो तो बाप का बेटा धरती है अरे अच्छा घी मांगू मै आप हाथी महाराज बैशाणी वो हक पर निकले और बात